आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज के बारे में ये कहानी हमें एक अलग ही रोमांच पर ले जाती है क्योंकि इसमें हम एक गॉड यानी भगवान का संघर्ष देखते हैं अब ईश्वर भी संघर्ष करने लगे सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना तो चलिए देखते हैं कि एक ईश्वर की आपबीती कैसी होती है ये कहानी सपनों के भगवान यानी की लॉर्ड मार्फियस की है और सपनों की दुनिया जहाँ के लोग सपने देखते हुए आते हैं मार्फियस के अनुसार वो हमें अच्छे और बुरे दोनों सपने दिखाता है अच्छे सपने हमें जिंदगी जीने की उम्मीद देते हैं और बुरे सपने हमारी खामियां दिखाकर हमें बुराई की राह पर जाने से रोकते हैं। इन सपनों के लिए मार्फियस ने अपनी इस दुनिया में बहुत सारी रचनाएं की है जो हम इंसानों के सपनों में आते हैं मॉरफियस अपनी लाइब्रेरियन लूजियन से मिलने के बाद एक बुरे सपने कोरिथियन को ढूंढने धरती पर आता है बात करे कॉरेथियन की तो वो लोगो की आँखें निकाल उन्हें खाता है पर अभी वो अपने सपनों के दुनिया ऐसी भाग आया है है क्यूँकी वो मॉर्फियस के अनुसार काम नहीं करना चाहता अब हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लंदन में एक अमीर आदमी रॉड्रिक से मिलने उसके घर आए हैं, जहाँ प्रोफेसर रोड्रिक के नाजायज बेटे एलेक्स से मिलते हैं। जैसे बात करें रॉड्रिक की तो ये काला जादू करने वाले एक कर लीडर है और इसके इस बड़े से कैसे में उसके लोग काले जादू की प्रक्रिया की प्रैक्टिस करते रहते है हाल ही में उसने अपना सगा बेटा खोया है और प्रोफेसर ने भी कुछ दिन पहले अपने बेटे को खो दिया इसलिए वो यहाँ पर एक किताब रॉड्रिक को देने आए हैं। इस किताब में लिखे मंत्रों की मदद से रॉड्रिक को लगता है कि वो डेथ की देवी को अपना गुलाम बनाकर उनसे उनके बेटों को वापस मांगेगा और डेथ अपनी आजादी के बदले उनके बेटों को वापस लौटा देगी किताब मिलने के बाद डेथ को पकड़ने का रिचुअल शुरू होता है जिससे एलिक्स भी देख रहा था उधर जब मोर्फियस कॉरिंथियन को पकड़ अपनी दुनिया में ले जाने वाला था तभी रॉड्रिक के मंत्रों से वो टेली होकर सीधा उनके बनाए गए सर्कल में आकर भी होश हो जाता है और मैं आपको बता दूं कि रॉड्रिक काला जादू करने का कोई एक्सपर्ट नहीं एक नुबड़ा है और फिर भी किस्मत की वजह से उसने को गुलाम बना लिया वो लोग सबसे पहले मोरफियस के तीन जादुई यंत्र चुराते हैं पहला यंत्र है रूबी जो कि एक लॉकेट की तरह दूसरा है एक जादुई हेलमेट और तीसरा है एक जादुई रेत ऐसी भरी पोटली मार्फियस के होश में आते ही रॉड्रिक उससे उनके बेटो को लौटाने के लिए बोलता है क्यूँकी उसे लग रहा था की उसने डेथ को पकड़ा पर मार्फियस उससे कोई बात नहीं करता मोरफियस कैद में था तो दुनिया में तबाही मच गई जो लोग सोए हुए थे वो नींद से कभी उठे ही नहीं उन्हीं लोगों में से एक यूनिटी नाम की लड़की भी थी जो सपने में होने के बाद भी जिंदा बच गई थी और लगभग दस लाख से भी ज्यादा लोग नींद में ही मारे गए थे मार्फियस को कैद में रखने के लिए रोटरी की मदद करने के लिए कोरिंथियन भी आता है जिस घेरे के अंदर मार्फियस बंद था उसके बाहर वो एक मजबूत ग्लास लगवाते है और मोरफियस पर गार्डस की नजर 24 घंटे थी और उन कार्ड्स को नींद ना लगे इसलिए वो उन्हें नींद न आने नी की दवाइयाँ भी देते दे थे अगर गलती से भी वो घेरा मिट किया या कोई कार्ड सोया तो मार्फियज आजाद हो जाएगा वहीं हम मार्फियस के दो जैसमिन को देखते हैं जो कि एक रेवेन है और वो उन सभी पर नजर बनाए एक मौके की तलाश में है की कैसे वो अपने मालिक को आजाद कर दे समय बीतता है और रॉड्रिक तीनों यंत्रों की मदद ऐसी मशहूर और अमीर होता जाता है इसी बीच एक पार्टी में हम एथे नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि रॉटरिक के करीब रहने लगती है एक दिन कार्स की गैर हाजिरी में एलेक्स मॉर्फियस से मिलकर उससे सहानुभूति जताता है कि उसके बस में होता तो वो उसे कैद से आजाद कर देता एलेक्स की बातें सुनकर रॉटरिक भड़क जाता है क्योंकि उसे पता है कि मोरफियस आजाद हुआ तो वो उन्हें मार देगा इसलिए वो एलेक्स को जैसमीन को मारने का काम देता है बड़ी चालाकी ऐसी जैसमीन घर में आग लगा अपने मालिक को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर एलेक्स उस पर गोली मार उसकी जान ले लेता है और वक्त पीता है इसी बीच एथल प्रेग्नेंट हो गई थी और रॉड्रिक उसे बच्चा गिराने को बोलता है तो एथेल तीनों यंत्रों को चुरा कर वहाँ ऐसी भाग जाती है इस चोरी की खबर रॉट्रिक मार्फियस को देख कर उसे उसकी आजादी की की मांग करता है पर मार्फियस अभी भी कुछ नहीं बोलता क्यूँकी वो ऐसा वरदान किसी भी इंसान को नहीं दे सकता था जब मॉर्फियस को जवाब नहीं देता तो एलिक्स और रॉड्रिक झड़प होती है जिसमे रॉड्रिक एक्सीडेंटली मारा जाता है उधर एथल ने भी को जन्म दिया था और वो उसके साथ काफी खुश थी क्योंकि उसके पास जादुई यंत्र थे एलेक्स मार्फियस से मिलकर डील करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे आजाद कर देगा पर मार्फियस को उनकी जान बख्शनी होगी लेकिन मार्फियस ने तय कर रखा था कि आजाद होते ही वो एलेक्स को मार देगा क्योंकि एलेक्स ने जैसमिन की जान ली थी समय का चक्र चलता है और अब एलेक्स भी बूढ़ा हो गया था पर वो मरने ऐसी पहले आखिरी बार मार्फियस ऐसी मिलने आता है वहाँ से जाते टाइम एलेक्स की वीर चेयर से वो घेरा मिट जाता है जिसके अंदर मार्फियस कैद था जिसके बाद मार्फियस एक कार्ड को अपने सपनों के जाल में फंसा खुद को आजाद करवाता है और अपनी दुनिया में जाने से पहले वो एलेक्स को उसके ही सपनों में हमेशा के लिए कैद कर देता है जब मोरफियस अपनी दुनिया में आता है तो उससे लूसियन मिलती है जो मार्फियस को उसकी बर्बाद हुई दुनिया दिखाती है क्यूँकी मोरफियस सौ सालों से कैद में था जिसकी वजह से मार्फियस की बनाई दुनिया और उसके लोग वहाँ से चले गए उधर कोरियन भी महसूस हो जाता है कि मोरफियस आजाद हो गए हैं इसलिए वो सीधा से मिलने जाता है जिसने वो दो यंत्रों को बेच दिया था और रूबी जॉन के पास ही है पर वो कॉरथियन को जॉन का पता नहीं बताती और जब जबल जबरदस्ती करने की सोचता है तो वो एक जादु लॉकेट की मदद ऐसी को सपनों की दुनिया में भेज देती है वही पर मॉर्फियस को उसकी दुनिया को दोबारा बनाने के लिए जरूरत थी उसके यंत्रों की जिसे पृथ्वी आरोप चुरा लिया गया था इसलिए वो त्रिदेवियों को बुलाने की सोचता है क्योंकि जब मोरफियस उन्हें एक भेड़ देगा तो वो उसके यंत्रों का पता बता देंगी लूसियन का सुझाव था कि मोरफियस को उसके भाई बहन यानी कि डिजायर से मदद मांगनी चाहिए पर मार्फियस को नहीं लगता कि वो उसकी मदद करेंगी क्योंकि वो सौ सालों से कैद में थे फिर भी उसे कोई छुड़ाने नहीं आया इसलिए सबसे पहले मार्फियस दो भाइयों के और एबल ऐसी मिलकर उनके पालतू ड्रैगन ग्रेगरी की शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है जिससे दोनों भाई मोरफियस से नाराज हो जाते हैं क्योंकि मोरफियस ने ही कैकरी को बनाया था और उन्हें भेंट किया था कैकरी की शक्तियों से मोरफियस कुछ मजबूत हुआ था और वो पूरे सपनों की दुनिया में जाकर एक सांप और एक अंडा लेकर आता है फिर वो तीन देवियों को बुलाकर उनको सांप भेंट में देता है जिसके बाद वो तीनों देविया पहेलियों में मोरफियस को बताती है की उसकी जादु रेत वाली पोर्टली लंडन में चौहाना कॉन्टेन्टाइन के पास है और उसका हेलमेट नक में किसी दानव के पास है वही मोरफियस को लॉकेट रूबी के बारे में बस इतना पता चलता है कि वो किसी बच्चे के पास है मोरफियस अपने यंत्रों को ढूंढने जाने से पहले लूसियन को वो अंडा उन दोनों भाइयों को देने के लिए बोलता है वो दोनों भाइयों को इस अंडे में से ग्रेगरी की तरह ही एक ड्रैगन मिलता है मैं आपको बता दू की कैन बहुत जल्दी ही गुस्से में अपने छोटे भाई एवल को मार के दफ्न कर देता है पर दोनों अमर जीव है इसलिए एवल दोबारा जिंदा होकर अपने बड़े भाई की सेवा मन से करता है उधर कोरियन के भागने के बाद एथेल जॉन से मिलने के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाती है और चौनी इस जेल में इसलिए बंद था क्योंकि उसने रूबी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को मारा था एथल के पास जो जातु लॉकेट है उसकी वजह से वो अब तक जवान है क्योंकि उसका बेटा बूढ़ा हो चुका है एथल अपना लॉकेट उतार कर चौनी को दे देती है और उससे कहती है की जब मोर्फियस उसके पास रूबी मांगने आए तो वो उसे दे अपनी जान बचा ले यही समझाते हुए एथल बूढ़ी होकर मर जाती है पर रूबी और चोनी एक साथ जुड़ चुके थे इसलिए जोनी रूबी को ज को नहीं देना चाहता चुहानी अपनी मॉम के लॉकेट का इस्तेमाल करके गार्ड्स को मारकर हॉस्पिटल से निकल जाता है आगे हम चौहाना कॉन्टेस्टीन को देखते हैं, जिसे उसके पास्ट में हुए इंसिडेंट सपने में आकर सपनेट करते हैं वो एक चर्च के बाहर आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी दादी ऐसी होती है जो की दो साल ऐसी जिंदा थी वो चौहाना को मोरफेज ऐसी मिलवाती है क्यूँकी वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे पर चौहाना मॉर्फेस को वेट करने को बोल चर्च के अंदर जाती है जहाँ पर इंग्लैंड की राजकुमारी छुप कर शादी करना चाहती थी पर नन को उसमें किसी दानव का वास था ऐसा लग रहा था इसलिए चौहाना उस दानव को मारने आई थी कुछ मंत्रों को पढ़कर चौहाना उस दानव को इंसानी शरीर से बाहर निकालती है मोरफियस उस दानव से पूछ ही रहा था कि उसका हेलमेट नर्क में कहां पर है तब तक चौहाना उस दानव को मार कर नर्क में भेज देती है कहा मोरफियस जोहाना ऐसी अपनी जादु पोटली मांगते हैं पर जोहाना उनकी मदद कल करने का बोलकर गायब हो जाती है वहीं पर मोरफियस को मैथ्यू नाम का रेबन मिलता है जिससे लूसी ने उनके पास मदद के लिए भेजा था अब दोनों तो जोहाना के घर जाते हैं जहां पर वो फिर से बुरा सपना देख रही थी जोहाना को जब पता चलता है कि मोरफियस को रोड्रिक ने कैद करके रखा था तो वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और उनके साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिची के घर आती है जोहाना को लग रहा था की रिचि उस पर गुस्सा होगी जब जोहाना अंदर जाती है तो वो खुद को रिचि के सपने में पाती है जहाँ पर वो दोनों बातें करते हुए आपस में इंटीमेट होते हैं काफी देर हो जाने के बाद जब मोरफियस रिचि के कमरे में जाता है तो जोहाना को रियलिटी का आभास होता है क्योंकि उस जादुई पोर्टली ने रिची की जान नींद में ही ले ली थी जोहाना और मोरफियस एक दूसरे को अलविदा बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं दूसरी तरफ जॉन से मिलता है जोनी के हालात देखकर वो समझ जाता है कि जॉनी बहुत बड़ा साइको है वही पर चोनी को एक लेडी रोस मिलती है जिससे लिफ्ट लेकर वो उस जगह जाने लगता है जहाँ उसने रूबी को छुपा रखा है इधर मॉर्फियस भी अपने हेलमेट को ढूंढने नर्क में आ गया था जहाँ उससे नर्क का गेट खतरनाक रास्तों से घुमाते हुए लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास ले जाता है अंदर जाने पर लूसीफर मॉर्निंग स्टार को मार्फियस सारी बातें बताते हैं कैसे वो सौ सालों से कैद में था जहां उसके यंत्रों को चुरा लिया गया था और उनके एक दानव के पास ही उसका जादुई हेलमेट है पर नरक में तो हजारों दानव थे मार्फियस समझ जाता है की लूसीफर उसकी मदद नहीं करना चाहती इसलिए वो वहाँ ऐसी जाने लगता है जो तो लूसीफर उस दानव को वहाँ पर बुलाती है वो दानव वहाँ आरोप आकर मार्फियस को एक खेल खेलने की चुनौती देता है जिसमे अगर मोरफियस जीत गया तो हेलमेट उसका नहीं तो मोरफियस उस दानव का गुलाम बनकर यहीं पर नर्क में रहेगा तो वो दानव उसकी ओर से खेलने के लिए लूसीफर को चुनता है इस खेल में उन्हें बताना था कि क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है थोड़ी गहमा गहमी की बात मॉर्फियस बताता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उम्मीद है जो बिल्कुल सही बात थी क्यूँकी लूसीफर के साथ सभी दानव इसी उम्मीद में है की कि वो किसी दिन अपनी सजा पूरी करके स्वर्ग में जाएंगे इस जवाब ऐसी लूसीफर हार जाते हैं और मोरफियस अपना हेलमेट लेकर वहाँ से निकल जाता है उधर जॉनी की बातों से रोज समझ गई थी कि वो पागल हथियारा है इसलिए वो गैस स्टेशन पर रोक कर शॉपकीपर को पुलिस बुलाने को कहती है पर जॉनी और शॉपकीपर को मार कर रोज के साथ आगे चला जाता है मोरफेज जादु रेत वाली पोटली और हेलमेट को लेने की बात रूबी के पास आ गया था पर रूबी जॉनी के बस में थी इसलिए रूबी को छूते ही मोरफेज बेहोश हो जाता है कहीं पर जॉन को रोज पसंद आ गई थी क्यूँकी रोज हमेशा सच बोलती थी इसलिए वो एथेल का लॉकेट रोज को देख कर दुनिया का भला करने को बोलता है और खुद रूबी को लेकर अपने सफर पर निकल जाता है आगे चौन एक रेस्ट्रो में जाता है जहाँ पर उससे बेट नाम की एक वेट्रेस मिलती है जिसका दिल रेस्टोरेंट के कुक मार्श पर है पर चूटी नाम की एक गे कस्टमर भी है जो की अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रही है क्यूँकी उनका कल रात झगड़ा हो गया था जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड गायब है रेस्टोरों में मार्ग नाम का एक बंदा भी आता है जो की इस शहर की कंपनी में इंटरव्यू देने आया है तभी उस के ऑनर चैनी और केट रेस्ट्रो में अपने एनिवर्सरी मनाने आते हैं। दोनों सबके सामने ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, पर असल में वो दोनों एक दूसरे से परेशान थे जो भी रूबी की पावर का इस्तेमाल उन सब पर करता है जिससे वो सब कुछ एक दूसरे को सच बोलने लगते हैं। जिससे बेट को पता चलता है की मार्श एक गे है और मार्श बेट के बेटे के साथ रिलेशन में है ये सुनकर बेट रोती है और जब चूटी बेट को चुप कर है तो दोनों किस करने लगते है वही पर केट मार्क का इंटरव्यू लेते लेते उसे किस करने लगती है और वहीं पर मार्क जॉनी के साथ लगा हुआ था उनका पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो खुद से खुद को मार लेते हैं वहाँ पर मोरफियस भी आ गया था और वो जोनी को समझाता है कि रूबी उसके साथ इस को भी नुकसान पहुंचा रही है पर को की बात समझ नहीं आती क्योंकि वो भी रूबी की बस में था तो मार्फियस उसे सपनों में कैद करने की सोचता है पर जोनी खुद को आजाद करके सपनों की दुनिया में आकर मॉर्फियस आरोप हमला करता है पहले तो हमें लग रहा था की चौनी मोरफियस को मार देगा पर मोरफियस अपने अंदर रूबी की शक्तियों को समेट लेता है और जॉनी को एक जेल में हमेशा के लिए सुला देता है एंड में हम देखते हैं कि जो कुछ भी अभी तक हुआ वो सब मोर्फियस की बहन डिजायर करवा रही थी अब डिजायर ऐसा उससे क्यों करवा रही थी ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो सोका आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे के पार्ट आप देखना चाहते है या नहीं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताए